नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मकर राशि के जातकों क्या आपने भी सोचा है कि वर्षफल 2020 प्रेम संबंध के मामलों में आपका कैसा बीतेगा नहीं ना तो इन्हीं आपके मन में जो यच्छ प्रश्न है इन्हीं के निवारण के लिए आज हम मकर राशि के जातकों का प्रेम राशिफल 2020 अपने इस चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं दर्शकों यदि आपकी मकर राशि है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा जो भी हम उपाय बताएंगे उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा प्रेम संबंधों के मामले में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे साथ ही साथ दर्शकों विस्तृत राशिफल मकर राशि का हमने अपने चैनल पर डाल दिया है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी डाल चुके हैं कैरियर राशिफल कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मकर राशि का हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग वीडियो में जा कर के या प्ले में जा करके देख सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग देख सकते हैं तो अधिक समय ना लेते हुए मकर राशि के जातकों प्रेम के मामलों में साल दो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दर्शकों देखिए क्योंकि प्रेम के जो कारक ग्रह बनते हैं शुक्र जो आपकी राशि के लिए योग कारक हैं आपके गुरु हैं वो दैत्य गुरु हैं ऐसे में जो आपका प्यार रहेगा ये परवान चढ़ता हुआ तय माना जाता है कार्य स्थल पर आपकी प्रेम कहानी जन्म ले सकती है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर किसी से आपका प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है ऑफिस में किसी सहयोगी के प्रेम पास में मकर राशि के जातक साल दो में बन सकते हैं यह वर्ष उन मकर राशि के प्रेमियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं प्रेम विवाह के इच्छुक मकर राशि के जातक आप लोगों के लिए ये वर्ष बड़ा अनुकूल और बहुत ही रिजल्ट लेकर के आने वाला साल है आपको इस वर्ष विवाह हेतु अपने परिवार की स्वीकृत मिल सकती है जो आपके मम्मी पापा आपसे नाराज़ चल रहे थे कि नहीं वहाँ शादी नहीं करनी है बिल्कुल तलवारें खिंच गई थी लड़का लड़की के परिवार वालों के बीच तो ऐसा इस बार नहीं होगा इस बार उनकी स्वीकृति मिलेगी उनकी हाँ मिलेगी कि ठीक है आप लोग खुश हैं शादी के लिए हमारी तरफ से हाँ है तो माता पिता की स्वीकृति बहुत जरूरी होती है तो आप लोग नए जीवन की इस साल शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक बात और बताना चाहेंगे क्योंकि 24 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो स्वराशि के शनि का होना आपके लिए शश महापुरुष नामक योग बना रहा है जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा देखिए दर्शकों कार्य क्षेत्र में ये योग विशेष रूप से माना जाता है आपको आपके प्रेम के माध्यम से जब आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो जाएगी तो आपका भाग्य भी अचानक से बढ़ेगा तो उनके भाग्य के बदौलत आप लोग जीवन में नई बुलंदियों को छुएंगे नई ऊंचाइयों को छुएंगे कार्यक्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे इसके साथ साथ आपका मन बहुत शांत रहेगा प्रेम को लेकर के वहीं एक बात बताना चाहेंगे कि दो में तीस मार्च जुपीटर का राशि परिवर्तन मकर राशि में नीच के हो रहे हैं लेकिन शनि के साथ नीच भंग नामक राजयोग बना रहे हैं लेकिन नीच राशि का गुरु दर्शकों देखिए जब भी शनि के घर में आता है तो शुभ नहीं माना जाता है तो थोड़ा सा दर्शकों कुछ चीज़ें जो है इन बैलेंस हो सकती है आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक हो सकता है या आपकी पार्टनर आपके ऊपर शक सक कर सकती हैं इफ वो मकर राशि की कैप्रिकॉन की हुई तो, तो इनके साथ थोड़ा सा आपको सामंजस्य रखना पड़ेगा देखिए दर्शकों रहीमदास जी ने भी कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए अगर टूट गई और फिर उसको आप जोड़ना चाहते हैं तो फिर उसमें गांठ पड़ना तय है निश्चित है तो अपने प्रेम में विश्वास व निष्ठा आप लोगों को रखना पड़ेगा अपने साथी के प्रति आपको समर्पण का भाव रखना पड़ेगा अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अहित कार्य मत करिएगा अन्यथा शनि बड़ा दंड का इस समय जो है जो न्याय का कारक ग्रह अपनी राशि में चल रहा है आप लोगों को बहुत समझ लीजिए उल्टा लटका देगा 11 मई को शनिदेव आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं जिसका प्रभाव थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं जो मकर राशि के जातक हैं प्यार करते हैं तो घर परिवार में थोड़ी सी तनातनी हो सकती है और रोमांटिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है लेकिन 14 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे वक्री जब गुरु हो जाते हैं तो इसका प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ जाता है आपके प्रेम प्रसंग पर पड़ेगा और शनि के कारण जो परेशानियाँ आ रही थी फिर वो थोड़ी सी यहाँ पर न्यून होगी कम होंगी तेरह सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे ऐसे में आप अपने प्रेम संबंध के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं विवाह के बंधन में बंधने के लिए कुछ आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं खरीदारी कर सकते हैं तेईस सितंबर को राहु आपकी राशि से पंचम स्थान पर स्थित हो जाएंगे पंचम का राहु आपको थोड़ा सा परेशान करेगा और हो सकता है कि साल एक साथ आपके मल्टीपल लव रिलेशन चले युविधा में थोड़ा सा डाल सकता है लेकिन 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति पुनः जो है क्या कहते हैं ये राशि परिवर्तन कर देंगे और मकर राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे लेकिन अगर एक शब्द में हम कहें मकर राशि के जातकों के प्रेम के मामलों में 2020 कैसा रहने वाला है तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोग जाइए एक अच्छे वैवाहिक जीवन की शुरुआत करिए और अपने प्यार को अंत तक ले जाइए बीच में चीटिंग मत करिए धोखा मत दीजिएगा दर्शकों कुछ उपाय बताते हैं लेकिन उपाय पर आगे बढ़ें आप लोगों को बताना चाहेंगे ये जो उपाय हैं देखिए दर्शकों आपकी वास्तविक कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है आपकी लग्न कुंडली क्या कह रही है आपके कुंडली का डी चार्ट क्या कह रहा है उसको भी देखना बड़ा विचारणीय होता है वर्तमान समय में आपकी कुंडली में किन ग्रहों की महादशा चल रही है बिना महादशा के कुछ नहीं होता सबसे ज्यादा प्रभाव महादशा का पड़ता है गोचर का तो सबसे अंतिम प्रभाव होता है योगनी दशा कौन सी चल रही है और जो ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे जिन ग्रहों का ट्रांजिट होगा अष्टक वर्ग में इनकी पोजिशन क्या है चलित कुंडली क्या कह रही है तो दर्शकों ज्योतिष बहुआयामी है एक जो है मतलब आयाम से आप ज्योतिष को जज नहीं कर सकते हैं इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा सकते हैं अब आप कह रहे हैं कि पंडित जी आपने सब बताया है तो अच्छा ही होगा ऐसा नहीं दर्शकों मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम स्थान जो कि प्रेम को इंडिकेट करता है और सप्तम स्थान जो कि विवाह को इंडिकेट करता है इसमें मान लीजिए कि चंद्रमा राहू का ग्रह दोष है या उधर सूर्य केतु बैठ गए हैं सप्तम स्थान में तो फिर कहाँ से होगा और राहु की महादशा चल रही हो तब तो आप बड़े परेशान हो गए होंगे सप्तम के लॉर्ड किस स्थान में गए पंचम के लॉर्ड कहाँ गए हैं तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो दर्शकों आप लोग अपनी कुंडली का तो सबसे पहले विश्लेषण करवा लीजिए और लव लाइफ से रिलेटेड आप लोग उपाय पा सकते हैं फिलहाल जो लोग नहीं विश्लेषण करवा सकते हैं वो लोग इन उपायों को करें निश्चित उनको लाभ मिलेगा तो आप लोगों को करना क्या रहेगा प्रेम संबंध आपके अच्छे चले और घर वालों का सहयोग मिले बृहस्पतिवार वाले दिन मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए है कम से कम तीन से पाँच ग्राम के बीच में हल्दी आप ले लीजिएगा और जल में डालकर के स्नान करना स्टार्ट कर दीजिए यह पहला उपाय है दूसरा उपाय एक चीज ये रहेगा कि बुधवार वाले दिन मेल एंड फीमेल विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोगों को पाठ करना रहेगा एक मंत्र है हम आपको बताए दे रहे हैं कि यदि आप मनचाह विवाह करना चाह रहे हैं और आपके घर वाले रजामंदी नहीं दे रहे हैं तो आप इस मंत्र को करिएगा निश्चित आपको सफलता मिलेगी वो मंत्र क्या है ये मंत्र देवी भागवत पुराण से उद्धृत है लिया गया है दुर्गा सप्तशती का बहुत ही अमोग मंत्र है ज्ञानी नाम अपनी चेतानसी देवी भगवती हिसा और जिनको भी आपको अपने जो है मतलब फेवर में करना है जैसे मान लीजिए कि आपके जो है माता का नाम जो है या पिताजी का नाम या भाई का या जो भी एक्स वाई स्वाईज जो भी हो उनका नाम रख करके मोहाय महामायाए प्रेक्षति ये आप लोग यदि बोलते हैं 108 सौ आठ बार प्रतिदिन तो निश्चित ही इसमें आपको सफलता मिलेगी मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए ज्ञानी नाम अपि चेतानसी देवी भगवती हीसा डैश डैश डैश यहाँ पर उनका नाम लिख लीजिएगा जिनको भी जो है अपने प्रभाव में अपने वश में करना हो या जिनसे स्वीकृति लेनी हो मोहाय महामाया प्रेक्षति ठीक, ये आपको छोटा सा प्रयोग करना है कोई बहुत हमने मेजर चीज़ें आपको नहीं बताई हैं आप अपनी कुंडली दिखा करके और अच्छे उपाय जान सकते हैं क्या जेमस्टोन आपको सूट करेगा देखिए दर्शकों जो उपाय हैं, इनको भी कई प्रकार से कराया जाता है यंत्र के अलग होते हैं मंत्र के अलग होते हैं जेमस्टोन के अलग होते हैं वास्तु के अलग होते हैं तो कई चीज़ें हैं आप लोग अपनी कुंडली दिखवा करके कर सकते हैं दर्शकों नए हैं तो आपसे अपील है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बनी जो घंटी है बेल आइकन है इसको आप लोग जरूर दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद